आज हम आपको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे क्योंकि जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से जो डाउनलोड करते थे वो ए फोर साइज पेपर के हिसाब से निकलता था लेकिन अब हम आपको एक आधार की तरह पीवीसी कार्ड की तरह डाउनलोड करना बताएंगे जिसको आप डाउनलोड करके एक पीवीसी कार्ड पे या एक फोटो पेपर कार्ड पर पे उसको लगा आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को खोलना है उसके बाद आपको कोविन पास ये आप वेबसाइट देख सकते हैं ई पास एम एम एच डे माहित ऑर्गेनाइजेशन इस पर आपको सर्च कर देना और इसकी वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा उस पर आप जाकर के ये साइट खोल सकते हैं देख सकते हैं आप यूनिवर्सल पास इस यूनिवर्सल पास में आपको ये सिटीजन का जो ऑप्शंस दिख रहा है इस सिटीजन ऑप्शंस में यूनिवर्सल पास फोर डबल वैक्सीनेटेड सिटीज़न इस पर आपको क्लिक कर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया हो वैक्सीन सर्टिफिकेट के समय सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा ओ दर्ज करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी इसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट लगे हुए हैं ये वैक्सीन आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर जाएंगे। और इनमें से आपको जो भी बनाना हो आप वो बना सकते हैं जिसका भी तो इसमें आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है बेनीफ़री रिफरेंस नंबर है और डेट ऑफ सेकेंड डोज़ आपकी सेकेंड डोज कब लगी वो है और एक्शन वायु पास चेंज फ़ोटो तो हमने एक कार्ड इसमें ऑलरेडी बना लिया था तो अब हम आपको दूसरा बना करके दिखाते हैं यहाँ पे जनरेट पास इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं यह ये यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप बेनिफरी का नाम वगैरह मेल डेट ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन है ये सब आप देख सकते हैं और यहाँ पर दे, देखिए अपलोड फ़ोटो यहाँ पे आपको टच करना है और आप जो भी बेनिफिशियरी हो उसकी आप फ़ोटो लगा दें फ़ोटो लगाने के बाद डन इस पर आप क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म अपलोडेड फ़ोटो यूनिवर्सल पास नीड न्यू चार्ज तो इस पर आपको आ, आई कंफर्मेशन दे देना है देने के बाद ये देख सकते हैं आप अप्लाई इस अप्लाई पर क्लिक कर देना है अप्लाई पे क्लिक करते यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सल पास विल बी सेंट टू यू 24 फोर आवर्स ऑन एसएमएस तो इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे वेबसाइट के तो अब आप, आपको तुरंत इस पे फिर से लॉगिन करना है क्योंकि साइट अब ये बंद हो चुकी है और आपका पास तैयार हो चुका होगा तो इस पर आपको फिर से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको सेम प्रोसेस पहले की तरह फिर करना है अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर सेंड ओ पे क्लिक करना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर ओ आएगा और सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी आपने पास बनाए होंगे उस मोबाइल नंबर पे जितने भी रजिस्टर्ड होंगे वैक्सीन के लोग तो इन यहां पे आपको शो कर जाएगा तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका पास बन करके आ चुका है तो आपने जिसका भी अभी बनाया हो आप उस पर वाई पर क्लिक करके देख सकते हैं ये देखिए ये आपका वैक्सीन कार्ड बन करके आ चुका है और आप अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल करके कहीं पर भी आप इसको दे सकते हैं लगा सकते हैं ये पास ट्रेवल्स वगैरह में कई जगह ये काम आएगा और ये देखिए पास पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है और हम आपको दिखाते हैं कि डाउनलोड होकर किस प्रकार का दिखेगा पीडीएफ फ़ाइल आ जाएगी इस पर आप ये वगैरह पे खोल करके देख सकते हैं ये देखिए ये इस तरीके का कार्ड ये बनकर के तैयार हो गया है अब आप इसको अपना फ़ोटो प्रिंट पर निकाल के रख लीजिए ट्रेवल्स पर जाए या कहीं पर भी जाए ये पूरी तरह से मान्य है तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों